हर एक चीज का एक टाइमिंग होता है आप सही टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं करते हो इसलिए आपका वीडियो वायरल नहीं जाता है और अगर जाता भी है तो अचानक से वन के टू के व्यूज पे आके वीडियो रुक जाता है अब आपको दिमाग लगाने वाली बात ये है कि वो वीडियो अगर सच में अच्छा नहीं होता तो उसमें वन के लेकर टू व्यूज क्यों आया वो वीडियो अच्छा है इसीलिए तो उसमें वन के व्यूज आया वरना अगर वीडियो ही अच्छा नहीं होता तो उसमें ना के बराबर व्यूज आता लेकिन आप उस वीडियो को सही टाइम पे अपलोड नहीं कर रहे हो इसीलिए वो वीडियो आगे नहीं बढ़ पा रहा है मैं आपको हंड्रेड गारंटी देकर बताता हूँ की अगर आप सारा स्टेप फॉलो करते हो तो इन भाइयों की तरफ फोर्टी तो मिनट के अंदर फिफ्टी के प्लस व्यूज आ रहा है तो किसी का लगातार होते जा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इन का कामेंट आप इससे पहले वाला वीडियो कर सकते हो लिटरली बता रहा हूँ अगर आपने सही टाइमोड करना एक बार सीख लिया तो आपका वीडियो वायरल होने ऐसी कोई माइका लाल नहीं रोक सकता ये देखो इन वीडियो पे कितना कम ऑडियंस रिटेंशन आया है इसका मात्र सिक्सटी सिक्स परसेंट है लेकिन फिर भी इसमें एक मिलियन ऐसी ज्यादा व्यूस आया है इसमें सेवेंटी फोर परसेंट का ऑडियंस रिटेंस है जो मेरा चैनल के मुकाबले ऐसी काफी कम लेकिन फिर भी ये वीडियो तीन मिलियन व्यूज टच करने वाला है क्योंकि इसको मैंने सही टाइमिंग पे अपलोड किया था जो आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है और अब फाइनली मैं आप लोगों को बताई देता हूँ कि आप लोगों को सही टाइमिंग क्या रखना है जिससे आपका वीडियो वायरल जाए ना पूरा देख के भैया मेरे वीडियो वर्क नहीं कर रहा है अब साले सब्सक्राइब का बटन फेंक के मारूंगा एक ही बार में सीख जाएगा अब देखो आप लोग जैसे अपना वीडियो को अपलोड करते हो तो कई सारे यूट्यूबर आपको कहते हैं की आप लोग अपने स्टूडियो में जाओ एंड यहाँ पर ऑडियंस वाले सेक्शन पे जाके चेक करो की आपके ऑडियंस कितने टाइम पे एक्टिव है जो की बिल्कुल भी हुए नहीं है क्यूंकि यहाँ पर वही टाइमिंग दिखाता है जिस टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा अपना वीडियो का अपलोड करते हो या फिर रेगुलरली वीडियो अपलोड करते हो अगर आप लोग रात के बारह बजे भी वीडियो अपलोड करोगे और कोई भी अगर यहाँ पर देखेगा तो वही टाइमिंग आपको यहाँ पर दिखाएगा तो आपको इन सबके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कोई कोई यूट्यूबर आपको बताता है की यहाँ पर नीचे जो डार्क साइड आ रहा है वहाँ पर जो भी टाइमिंग शो होता है उसी टाइमिंग पे आप लोग अपना वीडियो को अपलोड करो जो की बिल्कुल भी अच्छा हुए नहीं है आपको खुद से अपना टाइमिंग को सेट करना होगा वो कैसे करोगे आप लोग अपने टाइमिंग को सेट उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है अभी के टाइम पे क्या चल रहा है भी बच्चों का स्कूल खुल रहा है और ज्यादातर YouTube देखने वाले हमारे स्टूडेंट ही हैं मतलब कि ज्यादातर बच्चे ही है आप लोग भी स्कूल में पढ़ाई करते होंगे और आप लोग सुबह स्कूल कितने बजे जाते हो बात है, आप लोग आठ बजे जाते हो और शाम को आप लोग एक से लेकर तीन बजे के बीच में वापस घर में आते हो और अगर आप एक क्रिएटर होता आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखकर वीडियो अपलोड करना होगा अगर आप किसी वीडियो को संडे के दिन में शूट कर रहे हो और उसी दिन पे आप लोग अपलोड करने वाले हो तो सुबह के आठ बजे वीडियो को पब्लिश कर दो वो वीडियो दिन भर रात भर सभी टाइम चलेगा क्यूँकी संडे के दिन ना ही किसी बच्चे का स्कूल खुला होता है ना ही किसी बंदे का ऑफिस खुला होता है है सभी के सभी बंद होते हैं तो इसी का आपको फायदा उठाना है लेकिन अब मुझे कुछ लोग कहेंगे कि भैया संडे तो हफ्ते में एक ही दिन आता है तो हम लोग बाकी दिनों के लिए क्या टाइमिंग रखें तो देखो आपको करना ये है कि आपको सुबह ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं करना है और अगर आप सुबह वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो आपको सुबह के छह बजे वीडियो को पब्लिक कर देना है इससे होगा यह की सुबह के छह बजे ऐसी आठ बजे तक आपका वीडियो धड़ाधड़ चलेगा उसमें धड़ाधड़ व्यूज आएगा लेकिन जैसे आठ बजते जाएगा तो आपका वीडियो थोड़ा थोड़ा करके रुकते रुकते रुकते जाएगा तो मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूंगा की आप लोग सुबह के छह बजे वीडियो अपलोड करो कि मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप लोग शाम के टाइम वीडियो को अपलोड करो क्योंकि शाम को वीडियो अपलोड करने के इतने सारे फायदे हैं कि आप लोग सुनते रह जाओगे मैं आप लोगों को सुनाते रह जाऊंगा अब देखो आप लोग जैसे शाम के तीन बजे वीडियो अपलोड करोगे तो सारे स्कूल के बच्चे भी अपने घर में आए होंगे और खाना खाते मम्मी, मम्मी मुझे मोबाइल दो थोड़ा यूट्यूब देखना है तो वो लोग यूट्यूब ऑब्वियसली देखेंगे और जितना शाम होते जाएगा सभी का काम थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके खत्म होते जाएगा तो वो लोग भी थोड़ा रिलेक्स फील करने के लिए यूट्यूब में चिल करने के लिए ओपन करेंगे और सभी का वीडियो देखते रहेंगे मतलब आपका वीडियो शाम के तीन बजे से लेकर रात के 11 बजे तक नॉन स्टॉप चलता रहेगा तो आपको भर भर के व्यूज भी, भी मिलता रहेगा तो इसी चीज को आपको एकदम ध्यान ला के सोचना है और इसी का फायदा उठाना है लोग YouTube पे क्यों आते हैं चिल करने के लिए आते हैं तो शाम जितना होते जाएगा उतना लोग चिल करते रहेंगे लेकिन ये बात भी याद रखना की आपका वीडियो बिल्कुल भी बोरिंग ना हो उस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज हो जिससे बंदो को देखने का मन करे अगर कोई बंदा स्कीप कर देगा तो उस वीडियो को आगे पूछ नहीं करेगा यूट्यूब आपको वीडियो में फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलना है अगर आप लोग वीडियो में आ करोगे तो है बोल के ऐसा स्किप कर देगा बंदा और आपका वीडियो वायरल ही नहीं होगा मुझे भी बहुत से लोग कमेंट करके कहते हैं कि भाई थोड़ा धीरे बोल थोड़ा धीरे बोल इतना चिल्ला चिल्ला के बोलने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन मुझे पता है चिल्ला के बोलने का क्या फायदा है आप मेरा हर चैनल का हर वीडियो को खोल के देखो मैंने किसी वीडियो में भी बोखलाया नहीं है हमेशा कॉन्फिडेंसली बातें किया है बाकी आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भरना कोई भी जरूरत नहीं है आप डिसाइक मार के भी जा सकते हो